क्षमा करो मेरे प्रभु जी मन के सारे अपराध क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी मन के सारे अपराध चादरे को ढो डालो तन के चादर को इसमें जो भी लगा है दार क्षमा करो मेरे प्रभु जी मन के साथ रे अपरा क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी मन के सारे अतरा तुम हो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए तुम हो प्रभु जी मान सरोवर अमृत जल से भरे हुए कारत तुम हो एक लोहान कंचन हो वे जो बीछुए कारत तुम्हें हो एक लोहान कंचन हो वे जो बीछुए तजि तो जगी की सारी माया तजि दो माया तुमसे मैं करूँ अनुराग क्षमा करो तू मेरे प्रभु जी मन के सारे अपराध क्षमा करो रे या पर क्रोध में हैकार डगर नहीं जानी मोहे मदे मे रह करे प्रभु कर डाली मन मानी लोभ मोह मदे मे रह करे प्रभु कर डाली मन माने मन माने पलट दी मनमानी ने दीचा पलट दी पहुँच भैरा क्षमा करो मेरे सबूजी मन के सारे अतरा क्षमा करो भूली मन के रे या तरा इस सुंदर तन की रचना करके तुमने जो फूप कार्य किया इसे सुंदर तने की रचना करें तुमने जो उपय कार्य किया हमने इसे सुंदर दर तने पर अपराधों का भार हमने इसे सुन डर ते अपराधों का भार दिया नारायण अब नित राम क्षमा करो मेरे प्रभु जी मन के अपराध इस घो के चर को इस घो के कदर को लगा है दार क्षमा करो मेरे प्रभु जी मन के तार अरे अपरा क्षमा करो तुम्हें मेरे प्रभु जी मन के तारे अपरा रे ढोड़ा रे को जो डाल इस तन के चादर को जो भी इसमें लगा है हैदार क्षमा करो मेरे प्रभु जी मन के सारे अपराध